नजर क्या लगे वहाँ पर हथियार प्यार जहा पर ना पिछड़े मिलने वाले जहाँ सब हो दिल वाले तो चलो चलो हले हमेश